दोस्तों नमस्कार मासिक धर्म में अधिक ब्लड आने की समस्या को दूर करने के लिए कुछ नुकसिया के सामने प्रस्तुत हैं नंबर एक 20 ग्राम सूखा धनिया 200 ग्राम पानी में डाल के उबालें जब 50 ग्राम पानी रह जाए तो छानकर कर मिश्री मिलाकर या फीका तीन बार तक रक्तस्राव तो हो हो तो पिलाते रहें इससे मासिक धर्म में अधिक रक्त आना बंद हो जाता है ध्यान दें 20 ग्राम सूखा धनिया 200 ग्राम पानी में डाल के उबालें और जब 50 ग्राम रह जाए तो जब तक मासिक धर्म आए तब तक पिलाते रहें इससे मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तिर जाओ अगला नुस्खा है पिसा हुआ धनिया देसी भूरा घी तीनों मिलाकर खाने से रक्त गिरना बंद हो जाता है तीसरा नुस्खा है दो चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर की फंकी एक कप चावल भिगे हुए पानी से यानी चावल भिगो कर जो पानी निकाला गया है उससे अगर लेते हैं तो बहुत लाभ होता है तीन बार लें धन्यवाद अगला नुस्खा है दोस्तों जो हमारा आयुर्वेद से लिया गया है जिस दिन महावारी शुरू हो उस दिन रात को थोड़े से गुड़ वाले चावल पचास ग्राम बनाने यानी पचास ग्राम चावल में गुड़ मिलाकर उसको बना ले खिचड़ी की तरज जिन जो जो होता है वही और सुबह जब स्त्री स्नान कर ले तब उसे कहें कि गीले बदन ही पटरे पर यानी पीढ़े पर बैठकर कर वह रात वाले चावल लगभग एक छोटी कटोरी खा लें चावल खा लेने के बाद खड़े हो तथा बदन पोछे इससे पहले नहीं और यह बहुत ही अनुभव सिद्ध नुस्खा है इसे अपनाएं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद